विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एंड टू नॉलेज में तो जैसा कि दोस्तों जो विद्यार्थी बी एस टी सी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को ये पता होगा कि जो आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो आ चुकी है तो दोस्तों जो आपके फॉर्म है वो अगले सप्ताह से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे तो ऐसे में दोस्तों सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बरकरार रखें तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो में हम आपसे पंद्रह ऐसे प्रश्नों के सवाल पूछेंगे जो कि दोस्तों बीएसटीसी एवं राजस्थान की अन्य एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो तो प्यारे भ्यार्थियों आपका पहला प्रश्न है सत्रह जुलाई उन्नीस को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1940 को प्यारे अभ्यर्थियों किस राज्य में बीरबल दिवस को मनाया गया था ऑप्शन बीकानेर भरतपुर जयपुर या उदयपुर बताना है साथियों आपको जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि दोस्तों बीकानेर बीकानेर में 17 जुलाई उन्नीस को बीरबल दिवस मनाया गया था ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा प्रश्न है किस प्रजामंडल किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया ऑप्शन जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के तहत मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कोटा प्रजामंडल आंदोलन के तहत या दोस्तों बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के तहत तो बताना है आपको कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस को मनाया गया था तो प्रति इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बे यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल के तहत मारवाड़ प्रजामंडल के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था ऑप्शन वे दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा प्रश्न है राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई राजपूताना के किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई ऑप्शन जोधपुर जयपुर कोटा या बीकानेर तो पहले भारतीय का जो सयुक्त है वो हो जाएगा ऑप्शन ब यानी कि जो राजपूताना की जयपुर रियासत है उसमें आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी याद रखना दोस्तों इसको ऑप्शन ब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा चौथा प्रश्न है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ दोस्तों प्रश्न का आश्चर्य कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है जो कब हुआ था सॉरी दोस्तों कहाँ पर हुआ था ऑप्शन मुंबई में कोलकाता में जयपुर में या प्यारे अभ्यर्थियों दिल्ली में तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था ऑप्शन ऐ दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पांचवा प्रश्न है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन था ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता माणिक्यलाल वर्मा भूरेलाल वया या प्यारे भ्यर्थियों मोहन सुखाड़िया तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो बलवंत सिंह मेहता थे वे 1938 में स्थापित मेवाट प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा प्रश्न है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी ऑप्शन करौली प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल धौलपुर प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल तो प्यारा भारतीय उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी ऑप्शन बे दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो hmm! प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया ऑप्शन अमृतसर नागपुर हरिपुर हरिपुरा या लखनऊ तो पैराबैटिस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन में देश रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया ऑप्शन से दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न विगत तीस दिसंबर 1945 से एक जनवरी 1946 तक उदयपुर में हॉल इंडिया सॉरी दोस्तों ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता किसने की ऑप्शन महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जमुना बजाज या माणिक्यलाल वर्मा तो बताना है साथियों आपको कि विगत तीस दिसंबर 1945 से एक जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता किसने की तो प्यारे अभ्यर्थियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की ऑप्शन वे दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा याद रखना साथियों इसको ठीक है ना उसने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना साथियों किसने की थी ऑप्शन रामनारायण चौधरी प्रताप सिंह वारट भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो पैराबेक्टर्स का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी ठीक है ना दोस्तों दसवा प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का सातवां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में साथियों अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का जो सातवा अधिवेशन है वह कहां आयोजित हुआ था बताना है साथियों आपको ऑप्शन अजमेर जोधपुर उदयपुर या जयपुर तो प्यारे बेहतर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का जो सातवा अधिवेशन है वह उदयपुर में आयोजित हुआ था तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा याद रखना साथी इसको प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वो किन के मध्य संपन्न हुआ था ऑप्शन मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी के एम मुंशी और माणिकलाल वर्मा के एम मुंशी और जय नारायण व्यास या प्यारे अभ्यर्थियों मिर्जा इस्माइल और हीरा लाल शास्त्री के मध्य तो प्यारे अभ्यर्थियों इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन दे यानी कि दोस्तों मिर्जा मिसाइल इस्माइल और हीरा लाल शास्त्री के मध्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट सम्पन्न हुआ था ठीक है न दोस्तों साथियों आपका बारहवा प्रश्न है बा, नवंबर नवम्बर उन्नीस सौ इकतालीस में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किस किया गया था यानी कि दोस्तों जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था ऑप्शन आचार्य कृपलानी आचार्य तृपलानी विजय लक्ष्मी पंडित मानिकलाल वर्मा या दोस्तों बलवंत सिंह मेहता तो प्यार बह तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आचार्य कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर उन्नीस में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का, का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा किया गया था ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं साथियों उत्तरदाई शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराज को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया ऑप्शन ब्रजेंद्र भिज, सिंह जगन सिंह किशन सिंह या दोस्तों मान सिंह तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से किशन सिंह उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किशन सिंह महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था कि दोस्तों ऑप्शन सी आप स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा राजस्थान की, तो की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का आठवां आश्चर्य कहा था राजस्थान की किस रियासत को साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का आठवां आश्चर्य कहा था ऑप्शन जैसलमेर बीकानेर झालावाड़ या दोस्तों कोटा तो प्यारे भारतीय इसका सय्युत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमोर जैसलमेर को साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का आठवां आश्चर्य कहा था ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो, तो साथियों साथ पंद्रवा प्रश्न है जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया जैसलमेर रियासत के इतिहास में साथियों पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था ऑप्शन पंद्रह अगस्त उन्नीस को 26 मार्च 1938 को 16 नवंबर 1930 को या प्यारे अभ्यर्थियों 3 मई उन्नीस को तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो प्यारा भारती तो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से सोलह नंबर उन्नीस सौ तीस को जसमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस को मनाया गया था ठीक है ना दोस्तों इस प्रश्न को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया भी गया है तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएँ यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिसकी जिससे कि दोस्तों हम जब भी राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी वीडियो छोड़ें तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ठीक है ना दोस्तों तो मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद